आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेज में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रों आज अनार की बात करेंगे अनार एक फल में महान औषधि कितने सुंदर फ्रूटिंग स्टेज में आप अनार देख रहे हैं अनार के सभी प्लांट पार्ट इसके पत्र इसके फल इसकी छाल इसके मूल और इसके फूल औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं वंडरफुल फ्रूट भी है और रेमेडी है इस प्रकार से आप आप इसको ले सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन कम्पलेक्स पाए जाते हैं विटमिन बी वन बी टू बी थ्री विटमिन सी विटामिन ए इसके अंदर पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं देखिए कितना सुंदर ये प्लांट है आप इसको देख रहे हैं मित्रों इसका जो सूखा हुआ बीज होता है जिसको हम अनारदाना कहते हैं वो ब्लॉक्ड आर्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है आप 5 ग्राम अनारदाना लेकर और धीमी धीमी आंच पर उसका काढ़ा बना लीजिए और एक गिलास पानी में 5 ग्राम अनार दाने को पकाना है और जब वो आधा रह जाए तो उसको छान कर पीना है और पीने के बाद आपको कम से कम दो किलोमीटर धीरे धीरे वॉक करना है धीमी धीमी गति से आपको चलना है निरंतर आप इसको करेंगे तो ब्लॉकड आर्टरीज ओपन हो जाती हैं और आपके हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने का अच्छा कार्य करता है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा ये प्लांट है इसके जूस का आप सेवन कर सकते हैं लीवर डिटोक्सीफिकेशन करता है ब्लड को प्यूरीफाई करता है वंडरफुल ये फल है मित्रों इसके जो पत्र आप देख रहे हैं वो एंटी डायरियल और एंटी डैसेंट्रिक एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं कई बार डायरिया या डिसेंट्रिक की जो समस्या होती है उसके निराकरण के लिए आप इसके पत्र का सुरस बना लीजिए पाँच से दस एमएल पर्याप्त होता है और उसका आप सेवन कीजिए ये अच्छा कार्य करते हुए इन रोगों से निराकरण करता है मित्रों इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आप इसकी छाल जो देख रहे हैं छाल का भी काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं छाल एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है एंथेलमेंटिक एक्टिविटी इसके अंदर होती है पाँच ग्राम छाल का काढ़ा बनाकर जब आप सेवन करेंगे तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हुए डायरिया और डिसेंट्री की समस्या को दूर करता है कई बार नक्सीर की समस्या हो जाती है नाक से ब्लड आने की समस्या होती है तो आप क्या कर सकते हैं इसकी जो आप इसका फ्लावर देख रहे हैं इसका आप सूरस बना लीजिए और दो से तीन ड्रॉप नाक में डाल दीजिए नक्सिर की समस्या एकदम दूर हो जाती है आसानी से ये ठीक करता है शरीर को नरिश करने का कार्य करता है शरीर के टॉक्सेंस को रिमूव करने का कार्य करता है लीवर रिजुविनेटर है ब्लड का प्यूरीफायर है हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है और एंटी डायरियल एंटी डिसेंट्रिक एक्टिविटीज के अंदर होती है मित्रों अगर गम ब्लीडिंग की समस्या है तो आप इसकी छाल का महीन चून बना लीजिए और अपने गम्स के ऊपर अपने मसूड़ों के ऊपर धीरे धीरे इसको लगाइए और आधा घंटे बाद लूप वार्म वाटर से कुनकुने पानी से आप मुंह को धो लीजिए ये माउथ फ्रेशनेस का कार्य भी करता है ओरल हाइजीनिसिटी के लिए और गम ब्लीडिंग की समस्या से निराकरण के लिए आप इसको यूज़ कीजिए बहुत अच्छा ये प्लांट है बहुत ही सेफ़ है और इसके अंदर जो खास बात यह है के जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो शरीर को नरिश करने के साथ साथ इम्यूनो मोडुलेटर का भी कार्य करते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही हम आपको पहले ही बता चुके हैं आप इसका प्लांटेशन कीजिए कटिंग के माध्यम से कीजिए बहुत अच्छा रहता है फ्रूट्स प्लांट एज वेल एज मेडिसिनल कितने सुंदर इसके फ्लावर्स आप देख रहे हैं इसके जो ये जो आप फ्लावर्स में पेटल्स देख रहे हैं ये एंटी एक्टिविटी होने के कारण चेहरे के मुहासे हो जाते हैं पिंपल्स हो जाते हैं उसके ऊपर आप इसको पेस्ट बनाकर लगाइए आसानी से मुहासों और पिंपल्स से दूर करते हुए आपके चेहरे की कांति को बढ़ाते हुए अच्छा कार्य करते हुए आपको प्रसन्नता से परिपूर्ण करेगा आप इसको लगाइए आप इसको देखिए जानिए और इसको आप यूज कीजिए हार्ट की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उनके निराकरण के लिए सेफेस्ट आर्टरी ओपनर ब्लॉक्ड आर्टरी को ओपन करने वाला ये प्लांट है अनारदाने का डिकॉक्शन आप लीजिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें आपको नित्य प्रत्येक मेडिसिनल प्लांट की जो जानकारी मिल रही है अपने मित्रों और साथियों के साथ जरूर साझा कीजिए इन्हीं बातों के साथ आप फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार